बिसमीम दुनिया और आखिरत की कितनी हकीकत है देखें दुनिया इंसान के लिए आजमाइश और इम्तहान की जगह है अल्लाह तसानों को दुनिया में भेज कर दुनिया और आखिरत की हकीकत साफ साफ बता दी है कुरान हदीस में जगह जगह यह वजाहत हमें बता दी गई है करके दिखा दिया गया है कि दुनिया और इसकी सारी चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं और आखिरत और उसकी सारी चीज़ें हमेशा हमेश बाकी रहने वाली हैं दुनिया की न्यामतें आखिरत की न्यामतों और दुनिया की तकलीफें आखिरत की तकलीफों के मुकाबले में कोई हैसियत नहीं रखती हैं इंसान दुनिया की सारी नामतें और राहतें जहन्नम की मामूली सी तकलीफ़ के सामने भूल जाएगा इस तरह दुनिया की सारी तकलीफें जन्नत का एक चक्कर लगाने के बाद उसे बेहसीत मालूम होगा इसलिए हर शख्स पर ज़रूरी है कि वो दुनिया और आखिरत को पहचान ले और दुनिया में रहते हुए आखिरत की असल ज़िंदगी की तैयारी करे लिहाजा आज की इस वीडियो में हम बताएँगे दुनिया और आखिरत की हकीकत देखें दुनिया हमारे लिए कुछ भी नहीं है हमसे कहा गया है इस दुनिया से दिल मत लगाओ दुनिया क्या है मुसाफिर खाना है एक दिन हमको यहाँ से चलना है दुनिया क्या है हमारे लिए मुसाफिर खाना देखो हम मुसाफिर खाना बोलते तो हैं कि एक दिन हमें मरना है मरना है मरना है लेकिन असल चीज़ जो है ना वो हमारे समझ में नहीं आ रही है ये दुनिया मुसाफिर है कैसे हमने बहुत बड़े बड़े परहेज़गार लोगों को देखा जो क्या कर रहे हैं हाजी भी हैं नमाजी भी हैं परहेजगार भी हैं लेकिन जो असल चीज़ है ना वो उनके दिल से दुनिया नहीं निकल रही है असल चीज़ उनके दिल से दुनिया नहीं निकल रही दुनिया में वो चीज़ जो इन्होंने बेहतरीन से बेहतरीन बंगले बनाए हैं जो इतनी मोटी मोटी दीवारें बनाई हैं उसकी मोहब्बत इनके दिलों से नहीं निकल रही है मेरे भाई इन घरों से दिल मत लगाओ इन घरों और इन मोटी मोटी दीवारों को इतना मजबूत मत बनाओ ये आप किसी और के लिए छोड़ के चले जाएंगे और वो आपको भूल तक चले भूल तक जाएंगे कि ये किसने दीवारें बनवाई हैं तो मेरे भाई इन दीवारों से ज़्यादा मोहब्बत मत करो इन घरों से इतना मोहब्बत मत करो यहाँ की हर एक चीज़ों से इतना मोहब्बत मत करो आपको मरना है ये दीवारें थोड़ा लेट मरेंगी लेकिन आपको इससे पहले मरना है तो क्यों ना मेरे भाई इन सब चीज़ों से दिल लगाया जाए बिल्कुल मत लगाओ दिल देखो ये दुनिया एक दिन हम सबको छोड़ के जाना है यहाँ पैसों से जी लगाना और पैसा मिल जाना शोहरत का मिल जाना इज़्ज़त का मिल जाना कोई बड़ी कामयाबी नहीं है कामयाबी क्या है पांच वक्त की नमाज पढ़ना और अपने रब से करीब हो जाना दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी यही कामयाबी मेरे भाई देखो आज हम मिसाल के तौर पर सौ साल के बाद समझो सौ साल के बाद इक्कीस तेईस में अभी क्या चल रहा है बीस इक्कीस अब समझो इक्कीस तेईस में हम में से कोई भी जिंदा नहीं होगा रिश्तेदारों समीत हम लोग क्या होंगे खबर के अंदर सो रहे होंगे लेटे होंगे और हमारे जो घर हैं और हमारी जो जायदादें हैं वो किसके हिस्से में आ जाएंगी अजनबी लोगों के हिस्से में आ जाएंगे अजनबी लोग हमारे घरों में रहेंगे और वह हमें याद तक नहीं करेंगे बिल्कुल हमारी शक्लें वो भूल चुके होंगे जैसे हम अपने दादा और परदादा और बाबा की नस्ल उनकी तारीखों को भूल चुके हैं उनकी शक्लों को हम भूल चुके हैं क्योंकि हमने उनको देखा ही नहीं है और लोग हमें इतना भूल जाएंगे कि कुछ दिनों बाद तो हमारा नाम निशान सब कुछ मिट जाएगा सब कुछ मिट जाएगा तो सोचो मेरे भाई क्यों इस दुनिया के लिए पड़े हुए हो क्यों ना इस दुनिया में हम लोग बेहतरीन से बेहतरीन भलाइयाँ करें नफ़रतें मत फैलाएँ मोहब्बतें पैदा करें आपस में भाईचारगी भाईचारगी कायम करें आज नफरतें बहुत हो चुकी हैं हर एक, एक इंसान के दिलों में नफरतों के सिवा कुछ नहीं है नफरत ही नफरत है आग ही आग भरी हुई है वो आग जिसमें आज हम लोग जल ही रहे हैं क्यों ना इस आग को मेरे भाई ठंडा करा जाए यही चीज़ें हमारे वहाँ काम आएंगी मोहब्बतें काम आएँगी हमारे नेक आमाल काम आएँगे और कुछ नहीं काम आएगा दुनिया में भी काम आएंगे हमारे और तो ये मरने के बाद आखिरत में भी काम आएंगे तो क्यों ना मेरे भाई इन्हीं सब चीज़ों को पूरा करें और अल्लाह से दुआ भी करा करो कि अल्लाह हमारे लिए आसानियाँ पैदा कर दे हम एक दूसरे के साथ भलाई करें एक दूसरे के साथ दगाबाजी ना करें एक दूसरे के साथ मक्ारी और अयाशी ना करें एक दूसरे के साथ दज्ल फ्ररेब ना करें एक दूसरे को धोखा ना दें एक दूसरे से वादा खिलाफी ना करें ये सब के सब सारे काम हम जैसे इंसान कर रहे हैं इस दुनिया में रहते हुए सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं देखो मेरे भाई दुनिया में आना बहुत आसान है दुनिया में आना बहुत आसान है लेकिन ये दुनिया छोड़ना बहुत मुश्किल है अगर मेरे भाई ये ज़िंदगी जो हमें मिली है ना वो थोड़ी सी टाइम के लिए मिली है अगर मान लो कि हम बीस में सब कबरों में होंगे मतलब इक्कीस इक्कीस बाईस या तेईस में हम लोग क़बरों में होंगे सौ साल के बाद सोचो हम अल्लाह से थोड़ी सी जिंदगी मांगें कि अल्लाह हमें तो थोड़ी सी जिंदगी दे दे हम खूब अच्छे अमल कर लें अब नेक अमल कर लें खूब रिश्तेदारों से अब रिश्तेदारियां जोड़ें और उनसे मोहब्बत करें तो क्या अब सोचो हमारे पास टाइम होगा बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि अब हमें देर हो चुकी है वो जो कुछ था वो हम छोड़ के चले आए जो ज़िंदगी मिली थी ना वो सिर्फ एक ही बार मिलती है दोबारा नहीं मिलेगी हत्याजा अहद अल्लाह कहते हैं हम में से जब उसे किसी को मौत देते हैं तो वो कहता है अल्लाह मुझे वापस लौटा दे मुझे थोड़े दिनों की और मोहलत दे दे मैं अच्छे अमल करूं नेक अमल करूं अल्लाह कहते हैं कल्ला हरगिज़ नहीं हरगिज़ नहीं सोचो मेरे भाई ये जिंदगी हमारे पास थोड़ी सी मुख्तसर सी है क्यों ना हम इस ज़िंदगी को इस दुनिया की जिंदगी को भी बेहतर बना लें और बात मरने के आखिरत की जो जिंदगी है उसको भी हम बेहतर बना लें ये दुनिया में भी हमारे वही लड़ाई झगड़े ये दुनिया में हर वही चीजें हैं वही हसद है वही आग भड़क रही है चारों तरफ कोई किसी की टांग खींच रहा है कोई किसी को नीचा दिखा रहा है कोई किसी को ऊपर नहीं खींच रहा है, हर कोई बस अपने से अपने में लगा हुआ अपनी से मैं में मैं लगा हुआ क्या है ये कुछ नहीं है वालत दुनिया मतबल ग इंसान कहता है कि हमने ये किया मैंने ये किया मैंने वो किया क्या किया कुछ नहीं वमन हयात दुनिया इल्ला गुरूर, दुनिया एक धोखे का सामान है जब वो कब्र में जाता है जब उसको मौत आती है तब तो उसको खुद पता लग जाता है कि हमने जो जो भी जमा करा था ना उस सारा का सारा बेकार हो गया मेरे भाई बात जरा समझने की है समझो जरा मेरे भाई बात को समझो अगर हम देखो अल्लाह से गिड़गड़ाएंगे भी मौत के वक्त और अल्लाह से कहेंगे कि अल्लाह तू दुनिया की हर एक, एक चीज़ ले ले मुझसे थोड़ा सा मुझको मोहलत मुझ दे दे एक दो मिनट का एक दो मिनट का कि मैं तौबा कर लूं या किसी कि से मैंने दिल आज़ारी की है किसी की उससे मैं माफ़ी मांग लूँ हमें एक मिनट तक तो नहीं दिया जाएगा एक मिनट तलक तो नहीं क्यों हम इस, इन सब चीज़ों को हल्के में लिए हुए हैं क्यों इन सब चीज़ों को मेरे भाई देखो हुकूकुल हक़लिबाद का जो मसला है ना वो बड़ा अहम मसला है हकूकुल्ल् का मसला तो ऐसा है कि अल्लाह अगर चाहेगा तो वो अपनी मर्ज़ी से पकड़ करेगा आपकी नहीं चाहेगा तो नहीं लेकिन यहाँ हकूकुल इबादाद का मसला है अगर हमने अल्लाह के बंदों के हकूक़ को नहीं पूरा करा इनसे हमने कुछ ना कुछ इनको हमने दगा धोखेबाजी दी तो सोचो वो अल्लाह तो माफ़ कर देगा लेकिन ये इंसान हमें नहीं माफ़ करेंगे ये हम इनसे माफ़ी हमें मांगनी ही पड़ेगी तो सोचो कहाँ फिर हमें टाइम मिलेगा माफ़ी मांगने का तो जो भी है मेरा भाई माफ़ी मांग लो कि दुनिया की ज़िंदगी कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है अभी हम आपको बताएँ वो अडानी देखो दुनिया के सबसे तीसरे नंबर का रिचेस्ट इंसान बहुत पैसे वाला सोचो उसको बच्चा बच्चा हर कोई जानता था लेकिन आज उसकी क्या हैसियत है हम देखो दूर की बातें नहीं कर रहे हैं कि फ्रौन के पास जाओ कारून के पास जाओ दौलत के ख़जाने थे या कसरा जाओ या ईरान के बादशाह के पास जाओ हम बिल्कुल एग्जांपल नई नई मिसालें बता रहे हैं आपको देखो अडानी कितना एक बस खाली हैंडल वर्ग की रिपोर्ट की वजह से आज उसको इतना लॉस हुआ है आज वो इतने नुकसान में चला गया तो सोचो मेरे भाई ये दुनिया है दुनिया यहाँ वक्त एक जैसा नहीं रहता अगर आप आज मालदार हैं अगर आप आज क्या है करोड़पति इंसान है तो एक दिन आपका जवाल भी आएगा अगर आप एक अच्छे इंसान हैं तो फिर मेरे भाई अच्छी ज़िंदगी काटे यहाँ एक ना एक दिन सबका जवाल आएगा कोई कितना ही बड़ा बन जाए कोई कितना ही बड़ा साइंटिस्ट हो जाता है उसका भी एक दिन जवाल आता है कैसे जवाल आता है उसको मौत आती फिर वो ख़त्म हो जाता कौन उसको याद करता कोई नहीं तो मेरे भाई ये दुनिया जो है ना दिल लगाने की जगह नहीं है इन मोटी मोटी दीवारों से दिल मत लगाओ इंसान बुढ़ा हो चुका कब्र में जाने वाला है लेकिन वो क्या है उसकी तमन्ना ये है कि हम एक और प्लाट ले लें एक और घर बना लें क्यों क्यों क्यों मेरे भाई दुनिया हमेश हमेशा रहने की जगह नहीं है बल्कि आखिरत की ज़िंदगी तक पहुंचने के लिए एक रास्ता है और गुज़रने की एक ये हमारे लिए जगह है मेरे भाई अल्लाह के नज़दीक दुनिया मुर्दा जानवरों से भी ज़्यादा जलील और बेहकत है ये एक हकीकत है कि मुर्दा जानवर को हकीर समझा जाता है अगर वो कहीं पड़ा हो तो हम नाक पर हाथ रखकर ये कपड़ा रखकर गुज़र जाते हैं इसी उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते अल्लाह के नज़दीक ये दुनिया इस मुर्दा जानवर से भी ज़्यादा जलील और हक़ीर है चुनाच एक हदीस में एक मरतबा रसोल्लासम का बाजार से गुज़र हुआ तो आप बकरी के एक मरे हुए बच्चे के पास से गुज़रे जिसके कान छोटे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बकरी के बच्चे के कान पकड़कर उसे उठाया और फरमाया तुम में से कौन बकरी के इस बच्चे को एक दिरहम में ख़रीदने के लिए तैयार है सहाबा कराम ने अर्ज़ किया कि हम एक दिरहम तो किया मामूली चीज़ के बदले भी हम इसे लेने के लिए तैयार नहीं हम इसे लेकर क्या करेंगे आखिरकार या रसूल्ला फिर हजूर सल्ला वल्लम ने फरमाया क्या तुम में से कोई से मुफ्त में लेने को तैयार है साहबा कराम ने अर्ज किया खुदा की कसम अगर ये बच्चा ज़िंदा भी होता तो अगर ये बच्चा ज़िंदा भी होता तो वो भी आयददार था इसलिए इसके कान छोटे थे तो जब ज़िंदा लेने के लिए कोई तैयार ना था तो मुर्दार लेने को कौन तैयार होगा उसके बाद रसूल अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी नज़रों में बकरी के इस मुर्दार बच्चे की लाश जितनी बेहकत और जलील चीज़ है खुदा की कसम अल्लाह के नज़दीक इससे ज़्यादा बेहकत और जलील चीज़ मेरे भाई ये दुनिया है जब से अल्लाह ने इस दुनिया को बनाया इसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखा तो मेरे भाई आखिरत के मुकाबले में दुनिया की हैसियत कुछ भी नहीं है आप सल्लल्लाहु अलैहि ने आल फरमाया दुनिया की मिसाल आख़िरत के मुकाबले में ऐसी है जैसे उंगली दरिया में डाल कर निकाली जाए फिर देखा जाए उस पर कितना पानी है हदीज़ का मतलब ये है कि जिस तरह उंगली में लगे हुए पानी दरिया के मुक़ाबले में कोई हैसियत नहीं है इसी तरह दुनिया भी आखिरत के मुकाबले में कोई हैसियत नहीं है वो शख्स बड़ा ही घाटे में है जो बे इस क़दर दुनिया के पीछे मरता है आखिरत की तैयारी से गाफिल रहता है हमें एक दिन मौत आनी है और लोग हमें अपनी कब्रों में छोड़ के चले जाएंगे। हम वहाँ अकेले होंगे हम वहाँ लड़ेंगे मेरे भाई एक बेहतरीन सी वो शायरी कहते हैं ना हसनैन हबीबी कहते हैं अपने अमलों का अकाउंट भरा रखना अपने अमलों का अकाउंट भरे रखना बगैर कैश कोई एटीएम नहीं चलता और कफ़न में नेक आमाल सी कर रखना दबा के रखना क्योंकि वहाँ सिफ़ारिशों के लिए पेटीएम नहीं चलता तो मेरे भाई बात बड़ी ज़बरदस्त है और समझने की है लेकिन हमारी खोपड़ी में नहीं समझ में आने वाला ये दुनिया की चक में पड़े हुए हैं इसकी रौनक में पड़े हुए इसकी चमक दमक में है। हम आखिरत से बिल्कुल गाफिल हैं सोचो मेरे भाई पैसा मिल जाना शहरत का मिल जाना इज्जत का मिल जाना कोई बड़ी कामयाबी नहीं है कितनी कामयाबी महज महज थोड़े दिनों की कामयाबी है उसके बाद ये सारा का सारा आप किसी और के लिए छोड़ के जाएँगे हर चीज़ यहाँ की फना है तो मेरे भाई क्यों ना हम अपनी आखिरत की तैयारी करें क्यों हम इस दुनिया के लिए उस आखिरत से हम गाफिल होते चले जा रहे हैं मेरे भाई आखिरत की पहली मंजिल कबर है आखिरत की पहली मंजिल कबर है इंसान के मरने के बाद उसकी आखिरत की मंजिलें शुरू हो जाती हैं उनमें सबसे पहली मंजिल कबर की है इसी से इंसान में कामयाब और नाकाम होने का पता चलता है इसी वजह से हजरत ऊस्मान रजी अल्लाह जब किसी खबर के पास खड़े होते तो इस कदर रोते कि उनकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती उनसे पूछा गया कि आप जन्नत और दो करते वक्त इस कदर नहीं रोते जितना इस जगह खड़े होकर रोते हैं उन्होंने कहा कि रसूल वसलम ने फरमाया आखिरत की मंजिलों में से कबर पहली मंजिल है लिहाजा जिसने इस मंजिल से नजात पाई उसके बाद की सारी मंजिलें आसान हैं और जिसने इस मंजिल से नजात नहीं पाई उसके लिए बात की तमाम मंजिलों में सख्त दुशारी है हजरत ऊस्मान कहते हैं कि रसूल दोबारा बन, जिंदा होना जगह हदीस में, में बदलाया गया जिंदगी खत्म नहीं होती हैं असली ज़िंदगी शुरू होती है असली ज़िंदगी शुरू होती है अल्लाह पूरी कायनात को मरने के बाद दोबारा जिंदा कर देगा और ये उसके लिए कोई भी मुश्किल काम नहीं हम ये समझते हैं बहुत मुश्किल काम है अल्लाह खुद कुरान में कहता है अल्लाह वही है जिसने तुमको पैदा किया तुम्हें रोजी दी अल्लाह कहता है, हमने तुमको पैदा किया उस माँ के पेट में उस मनी के कतरे से वो मनी का कतरा जो हमने मिट्टी से बनाया सोचो उस मिट्टी से हमने मनी का कतरा बनाया फिर वो मनी के कतरे से हमने तुमको पैदा कर दिया और वो हमने ऐसे नहीं पैदा करा हमने उस माँ के पेट यानी तीन तीन अंधेरियों में पैदा किया हमने उस अंधेरे में तुम्हारे कान बनाए तुम्हारी नाकें बनाई तुम्हारी आँखें बनाई तुम्हारी जबान बनाए तुम्हारे हाथ बनाए तुम्हारे पैर बनाए और तुम्हारा दिल बनाया जिरदे कलेजी फेफड़े सब कुछ हमें उसे अंधेरी में मिले तो सोचो अल्लाह ने फिर हमें वापस इस दुनिया में भेजा सोचो फिर हमें बड़ा करा कराहुदा हम जवान हो गए तो अल्लाह कहता है क्या हमारे लिए ये मुश्किल है कि हम मरने के बाद तुम्हें दोबारा जिंदा कर दें कोई मुश्किल काम नहीं है वो मिट्टी से जब एक मनी बना सकता है उस मनी से एक खूबसूरत इंसान बना सकता है वो इंसान जिसमें दिमाग भी है और आंखें भी हैं और सूंगने की ताकत भी है और सुनने की ताकत भी है बोलने भी है। की भी ताकत है छिबाने की भी ताकत है हज़म करने की भी ताकत है और निकालने की उसको ताकत है चलने की भी ताकत है हाथों में पकड़ने की भी ताकत है उंगलियों से उसको मजबूती से पकड़ने की ताकत है तो फिर सोचो जब वो एक अल्लाह वहाँ से लेके इंसान को बना देता है बड़ा कर देता है फिर बुढ़ापा जाता है तो फिर उसके लिए कौन सा मुश्किल काम है कि वो मरने के बाद तुमको दोबारा ज़िंदा करे? बेशक हमको जिंदा होना है मेरे भाई मैदान महशर मैदान हशर में हर शख्स अपनी अपनी फ़िक्र में उलझा है। जब लोगों को मैदान हशर में जमा किया जाएगा तो हर एक शख्स अपनी अपनी फ़िक्र में उलझा रहेगा इस कदर परेशान हाल होगा कि अपने घर वालों से भी दूर भागने की कोशिश करेगा कोई किसी की हमदर्दी नहीं करेगा इसी को कुरान में अल्लाह तरमाते हैं जिस दिन इंसान अपने भाई से भी भागेगा अपने माँ बाप से भी अपने बीवी बच्चों से भी क्यों उनमें से हर एक को उस दिन अपनी अपनी फिक्र ऐसी पड़ी होगी कि उसे दूसरों का होश तक नहीं रहेगा और मेरे भाई क्यामत के दिन हिसाब किताब के लिए इंसाफ का तराजू कायम किया जाएगा कुरान में अल्लाह ताला का फरमान है हम कयामत के दिन ऐसी तराजू रखेंगे जो सरापा इंसाफ होगी चुनान्च किसी पर कोई जुल्म नहीं होगा अगर कोई अमल राई के दाने के बराबर भी होगा तो हम उसे सामने ले आएंगे हिसाब लेने के लिए हम काफ़ी हैं मेरे भाई क़्यामत के दिन सिर्फ यही नहीं तमाम लोगों के साथ इंसाफ होगा बल्कि इस बात का भी अहतमाम किया जाएगा कि इंसाफ सब लोगों को आँखों से नजर आए इस गर्ज के लिए तराजु तराजू की तराजू लाई जाएगी जिसमें इंसानों के अमाल तौले तो जाएगा अमाल के वजन के हिसाब से अच्छे या बुरे अंजाम का फैसला होगा वहाँ किसी का कोई लिहाज नहीं किया जाएगा वहाँ वही अमाल काम आएंगे जो दुनिया में हमने किए हैं मेरे भाई तो उस आखिरत की तैयारी करो इस दुनिया की ज़िंदगी को भी बेहतर बनाओ और उस आखिरत को भी बेहतर बनाओ अल्लाह ताली से दुआ करो कि अल्लाह ताली हम लोगों को अन्य सुनने से ज़्यादा आमल करने की तोफ़ी का दाफरमा